परिवर्तन गीकिन के राल हमारी अज कश्मीर से कन्याकुमारी परिवर्तन के राल हमारी से कन्याकुमारी भंडा फोर भंडा फोर भंडा फोर कर रहे हैं हम हम खोल रहे फोल तुम्हारी परिवर्तन के राल हमारी अज कसमेरे से कन्याकुमारी आदिवासी को बेदखल करके जल जंगल उन्हें का छीन के आदिवासी को बेदखल करके जल जंगल उन्हें से तुम छीन के आय समझ में आये समझ में आये समझ में जल तुम्हारी हम तोल रहे तुम्हारी परिवर्तन के राजे हमारी अज कश्मीर से कन्याकुमारी गिनती वो किसी की करते नहीं हो धर्म के नाम पे बहुजनों में खोड़ तुम्हारी बहुजनों में खोड़ तुम्हारी हम खोल रहे परिवर्तन की रि हमारी आज कश्मीर से कन्याकुमारी निर्वाचन आयोग कैसे न्यायपालिका की सुनता नहीं है निर्वाचन बालिका की सुनता नहीं है गिनती है, है गिनती जरूरी है गिनती जरूरी हम खोल रहे पोल कुमारी परिवर्तन की राज हमारी अज से से कन्याकुमारी खुल साहू के आजादी का ेश राम जी चला रहे शाहू के हैंजादी का नारा वामन मेष राम जी चला रहे है, है। को बाते सारी कुंडल को बातें सारी